ऋषि अपने भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए भाग रहे थे और महामाया उनके पीछे पीछे आ रही थी लेकिन भगवान विष्णु जैसे ही सामने आए और अम्बरीश को भागते हुए देखे तो उन्होंने अम्बरीश को भक्त और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया छोड़कर कहा महामाया पीछे आ रही उसने देखा तब सुदर्शन चक्र पूछते हैं कि माँ तुम बताओ दुर्गा ने तो शाप दे दियाकी गति क्या था क्या द्वादशी का तोड़ना उसने जो छोड़ा है मुझे क्या करना है तो यहाँ जो जंगल है वृक्ष है तुम तुम्हारा प्रताप उस उस पर बता दो मैं दुर्वासा को देख लेता तब महामाया ने कहा कि हाँ मैं इस जंगल को जलाकर मैं यहाँ स्थापित हो जाती और वो, वो सुदृष्ण चक्रवासा के पीछे अगर शाप विमोचन करना है तो अम्बरीश राजा के पास ही जाना हुआ दुर्वासा माहौने भागते हुए अम्बरीश महाराजा के पास आए और कहा मुझे गलती होगी मेरी क्षमा कर दोष चक्र को लोगे तो वो मुझे जला देगा वो मुझे खत्म कर देगा अम्बरीश ने प्रार्थना करे महाराज आप मेरे अतिथि हैं मैं सिर्फ भगवान विष्णु से एकादशी का व्रत के लिए मांग रहा था मुझे आपको मारने की कोई इच्छा नहीं है उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और कहा कि विष्णु चक्र आप मेरे लिए महाषिव को छोड़ दो और महर्षिशा श्रीष्ण चक्र वही जल का पुण्य निर्माण हुआ और उसमें जल में शीष्ण चक्र स्थापित है आज भी अगर कभी आप बाराणसी जाते हैं तो वहां भगवान भगवंत विष्णु का मंदिर है और सुदर्शन चक्र पानी में आज भी घूमते रहता है उस में। तो वह जो महामाया शक्ति थी जिसने महाल में था यहाँ की स्त्रियों पर बलात्कार आक्रांत बहुत ही आ, उनके पुरुषों पर प्रकार का आक्रमण था उनको मार देते थे और यहाँ की स्त्रियां स्थिति जाती थी बहुत सारी स्त्रिया स्थिति जाती है मैं यहाँ भूमि स्थापित हूं अगर तुम ऊपर निकालता है तो इसके बाद कोई स्त्री स्थिति नहीं जाएगी और उन्हें मैं तेरी शक्ति बनकर उठूंगी तू यहाँ मेरे बाहर निकाल और मेरा मंदिर मांग इस प्रकार महामाया जो उस समय दुर्भाषा महा छुड़ी हुई थी और उस राजा ने उस महा को किया। हमने देखा और यहाँ महा उस महा था गया है वह तीनों शक्तियों से संपन्न थे महालक्ष्मी महाशिवरी और महाकाली आज आप देखते हैं महालक्ष्मी महाशिवेश्वरी और भद्रकाली के रूप में यहाँ शक्तियों में महा महामाया के रूप में यहाँ स्थापित है और इनकी आराधना सब लोग लोग लोग के लो जितने भी हैं हैं हैं हैं वह दुर्गा का भक्त करते या मंत्र करते करते या मंत्र इसकी पूजा लेकिन क्या महामाया मंत्र का ऐसी दुर्गा समा जो महामाया को छोड़ा था क्या वो नवार्व मंत्र था क्या महामाया की स्थापना की थी वह कौन सा मंत्र था जिसकी कारण आज छत्तीसगढ़ की यह माया मिले देवता के साथ है और यहाँ ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको जिससे महामाया प्रसन्न हो सकती छत्तीसगढ़ के राजा को भी यह बात आई तब तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा तब उन्होंने कहा कि देवी भागवत में या माँ अपने महाभागवत महाभगतमद्त भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण हथुरा में रहकर जलासंधारी राक्षसन के साथ बहुत परेशान हो गए थे वो लोग रोज रात में माया से आकर मारते थे तो बलवान और श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि ये सब कैसा हुआ मेरे राज्यों में हमारे दोनों के कारण की जनता मर रही है तब तो उन्होंने महा की प्रार्थना की तब तो महामाया ने कहा कृष्ण मैं यहाँ जमीन में गड़ी हुई हूँ तू अगर छत्तीसगढ़ के यहाँ तू इस कलियुग में जगन्नाथ रूप में जब लेगा जगन्नाथ रूप, रूप में अवतार करेगा तब अगर तू आता है तो मैं यहां तुझे उस सिद्धि को प्रदान करती हूँ जो सिद्धि प्रदान की है तब श्री कृष्ण भगवान ने महामाया की स्थापना महामाया की और अपने गुरु शांतिपनि महावनी जो अमरकंटक के पास जिनका आश्रम है कृष्ण के गुरु शांतिपनि महावनी है जिनका आश्रम अमरकंटक के पास है उस शांतिपनी महावनी को उन्होंने पूछा कि इस महामाया क्षेत्र को किस प्रकार करने से एक श्री कृष्ण ने कहा यह बहुत रहस्य की बात है किसी को बताना नहीं जो महामाया का यंत्र यहाँ के लोग उस महामाया के विशिष्ट मंत्र के साथ पूजा करते हैं या जो स्त्री पूजा करते हैं वह सौभाग्य होती ही जाएगी उसको कभी असौभाग्य वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और उसके साथ उसका पति सुख के साथ जीवन करेगा उसका ऋण सारे सुख प्रदान होंगे तब कृष्ण ने महा माया महामाया का आह्वान किया और कहा महामाया मैं चाहता हूँ कि मथुरा के लोग ये जरासंध आदि राक्षसों के साथ पीड़ा प्राप्त करते हैं और हमारे कारण इनको पीड़ा, पीड़ा पीड़ा होती है आप कुछ न कुछ करके इनकी रक्षा करो तब महा ने कहा मैंने तू जो यंत्र देती हूं तो रात में तू और बलराम दोनों जप करो मैं तुम्हारे सभी लोगों की रक्षा करूंगा कृष्ण और बलराम जी ने उस यंत्र को रखकर महामाया का मंत्र किया महामाया का मंत्र करने के बाद उन्होंने महामाया से प्रार्थना की कि महा हमारी रक्षा करो तो मैं नाम का एक राक्षस था जो राक्षस का शिल्पकार का हम विश्वकर्मा कहते हैं देवताओं के शिल्पकार है वैसे राक्षसों में भी शिल्पकार था जिसका नाम था मैं माँ महामाया ने मैं से कहा कि मेरा कृष्ण मेरी भक्ति कर रहा है वो महामाया का मंत्र जब कर रहा है उसकी यंत्र की स्थापना है उसके पास से वो यंत्र लेकर तू आकाश में उड़ जा और जहाँ कृष्ण के एक ऐसा ऐसा गांव बसा जाए ऐसा शहर बसा जाए ऐसा नगर बसा दे जहाँ कोई राक्षस आ नहीं सकता जहाँ मेरा यंत्र है वहाँ राक्षस का प्रवेश नहीं हो सकता ऐसी नगर को बसा ले उस मैंने उस श्री कृष्ण और भगवान की स्थापना की उस यंत्र को हाथ में लिया और वे जैसे ही आकाश में उड़े उन्होंने वहां से देखा कि द्वारका ही एक ऐसी चीज है जो समुद्र से घिरी हुई है और समुद्र के बीच किले में उन्होंने द्वारकाधीश का उस शहर उस नगर को स्थापना किया एक ही रात में एक ही रात में स्थापना किया तब कृष्ण ने कृष्ण जब प्रार्थना कर रहे थे तो महामाया ने कहा हे कृष्ण बोल कि तेरे शहर में तेरे नगर में मथुरा में जितने भी लोग हैं उन भूमिकाओं को उन सभी को बोल कि महामाया का मंत्र कर जो महामाया का मंत्र करेगा वह कल सुबह तक सुरक्षित हो जाएगा सब लोगों को आश्चर्य कैसे सुरक्षित हुआ और उन्होंने उस रात में उस महा महामाया महा के मंत्र का उच्चारण किया और सुबह जब आम खुलकर देखते हैं तो सारे मथुरा के लोग द्वारका में थे द्वारका कहाँ है गुजरात में और मथुरा कहाँ है यूपी में उत्तर प्रदेश में उस महामाया की इतनी श्रेष्ठता थी कि वे सुरक्षित हो गए और कृष्ण भी निश्चिंत हो गए कि आप राक्षसों सौगर में मथुरा दरासिंह आदि को मैं देख लेता हूँ और उन्हें जरा सिंह आदि का कैसा कैसा मारा ये भागवत में स्वीक कथाएं भीम भीम भीमसेन जी ने मारा तो है उनको कैसा मारवाया ये सारी बहुत बड़ी कथानियां हैं वो बात आकिन ले। यह महामया की वो श्रेष्ठता थी जिसके उपासक भगवान श्री कृष्ण भी थे और उन्हें अपनी जनता की रक्षा की तब महामाया ने कहा कि इस यंत्र की जो अपने घर में रख के पूरा करता है वह अपने गांव का अपने शहर का श्रेष्ठ राजा कहलाया जाएगा जो इस मंत्र को करता है उसको मिलना निश्चित रूप से प्राप्त होगा तब महामाया की इस आशीर्वाद से उस यंत्र की कृपा से जो महामाया ने कृष्ण को दी थी आज तक अगर मैं ठीक हूँ मैंने झूठ नहीं कहता तो यहाँ सभी आप लोग हैं तो आप लोग बताओ कि क्या यहाँ महामाया देवी का कोई यंत्र किसी ने दिया है या हमने लिया है या छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी लोग हैं और आपको नवारायण मंत्र को छोड़कर किसी ने महामाया का मंत्र लिया? है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं किसने मुझे ढूंढने के लिए महामाया क्षेत्र को या इसकी महत्ता को देखने के, के लिए मुझे बहुत एक प्रकार से बहुत सारी पुस्तक ढूंढने बढ़ना पड़ा जब खेद इसका था था, कहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है छत्तीसगढ़ के लोग बताएं यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है तो उस जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद यहाँ की स्थापना और महामाया के मंदिर कुछ प्रकार के देवता बढ़ी और जो इस महामाया छत्तीसगढ़ लोगों जितने भी राजाएं यहाँ हुए जिन्होंने भी उस महामयात्र को राहस्य के साथ अपने स्थापन किया इसलिए छत्तीसगढ़ में हुए और छत्तीस राजाएं अपना राज्य करते जीवन बिताते थे तो उस दिव्यता को उस यंत्र की यंत्र की श्रेष्ठता किसी ने किसी को नहीं बताई और वो उस मंत्र को भी किसी ने किसी को नहीं बताया। आज शुक्रवार का दिन है जो राक्षसों के गुरु शुक्र जी का वार है और आज माता की प्रया पूजा विशेष रूप से की जाती है आज हम ऐसे ही महामाया के तो क्षेत्र में आए हैं और पहली बार महामाया का यंत्र महामाया का मंत्र मैंने हम साधकों के लिए जो यहाँ आए हैं वे दिव्यता को प्राप्त करें जो राज्य की प्राप्ति चाहते हैं जो धन की प्राप्ति चाहते हैं जो ऐश्वर्य चाहते हैं उस निश्चित रूप से उस साधना को संपन्न करें और देखें कि मैं कभी अजीब बार आऊँ तो आप कहें कि हमने उस साधना को किया है प्रभु हम गरीब नहीं हैं, हम दरिद्र नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं, ये बात आप कहें मैं मानता हूं कि मैंने ये साधना और यह कैसे मैं पहले गुरुपल का सिद्धि दिवस का वह आज की विशेषता थी का पूजन आपके साथ संपन्न करूंगा उसके बाद उस महामाया मंत्र को और उस महामाया को केवल क्योंकि वो रहस्यमय है पूछने पर ही दूंगा जो लोग प्रार्थना करते हैं कि महामाया हम दिव्यता का जीवन चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति चाहते हैं धन ऐश्वर्य चाहते हैं हम एक प्रकार की श्रेष्ठता चाहते हैं ऐसा प्रार्थना करते हैं कोई लोगों को यंत्र मिलेगा महामाया का उससे पहले हम गुरुबल का स्थिति दिवस है कहते हैं कि साय समय में ही गुरुपालिकाओं का पूजन करना चाहिए सुबह से हम जितना भी, उसके से भी से हो सके हमारे स्नान आदि से शुद्ध होकर आकर सफेद वस्त्र पहनकर गुरुपालिकाओं का आज पूजन कर जो अपने घर में गुरुपालिकाओं की स्थापना करता है उसको हर वर्ष उस गुरुपालिका को इन गुरुपालिका से भी दी उसके दिन जो उसी मंत्र के साथ पूजा करता है उसके घर में गुरु की स्थापना निश्चित से होती ही है ऐसा कहा है अभी मैं आपको एक पंद्रह समय देता हूँ जिनके पास गुरुपालुकायें नहीं है या गुरु पदुका युग नहीं है वो सब डालें और मेरे साथ गुरुपालुमाओं के का पूजन सम्पन्न करें और अपने घर में गुरुपालुमाओं को आज के दिन मार्ग द्वितिया को स्थापित करें और वह सिद्धि प्राप्त करें कि तुम्हारे घर में गुरु जी का वास है या अनुभव करें ऐसे ही इच्छा रखता हुआ पहले गुरुपालिकाओं का मंत्र और साधना आपके साथ करवाऊँगा मैं भी आपके साथ करूंगा। आप सभी लोगों को पंद्रह मिनट का समय देता हूँ गुरुपालिकाओं को इंटरव्यू लें तब तक मैं यहाँ तैयारी करता हूँ पहले गुरुपाल का सिद्धिदिवस की पूजा और मंत्र उच्चारण और साधना संपन्न होगी आप सभी लोग तब तक, तक पाँच माला गुरु मंत्र जब करें तो कर रहे हैं पाँच माला गुरु बंत जब करें और उसके बाद गुरुपालिकाओं को लाकर आपके सामने रखें और उन उस बालिकाओं की पूजा करें जो आपकी गर्थ स्थापना करना चाहते हैं मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ आपने से भी तो गुरु मंत्र दीक्षा की दीक्षा ली ही हुई नहीं लिए हैं तो मैं गुरु पूजन करते समय आपको गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान करूंगा आशीर्वाद देता हूँ कि आप गुरुमय हो गुरु जी आपकी गुरु जी का आपके अपने वास हो और आप जो भी साधना करते हैं उस साधना की श्रेष्ठ आपको प्राप्त करें ऐसा ही हम आज के दिन यहाँ जब आप आए हैं तो इसकी विशिष्टता आप प्राप्त करेंगे मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ गुरुपालिकाओं का पूजन का विधान यहां आपके सामने बैठकर कर मैं सही सन्न करूंगा मेरे साथ संतान है